अरे कॉस्ट्यूम निकाल बकरे आ रहे उनको फंसाना का तो काम बन गया बस। अरे हट ना। नाम है काकू हाथ में घड़ी पहनी और मैं देखता हूँ तो पूरी दुनिया दिख जाती है और मैं तो तो चलता हूँ तो आगे ही चलता रहता हूँ यार तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो दावत खाने आए हो क्या समस्या मैं सोता हूँ तो सो जाता हूँ तो आगे चला जाता हूँ अच्छा, क्या करूँ अच्छा इसका उपाय है तुम्हें बाबा विश्ववाड़ी के पास जाना हो चाहिए समझ गया है, तुम चल के आते हो भाई भाई इन लोगों का पासपोर्ट वाला कार्ड जल्दी लेके आता तुम लोग चिंता मत करो हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे अरे नहीं नहीं इतनी सारी पासपोर्ट ऐसी कौन है अरे ये नहीं है यार ये शक्ल नहीं मिलती है रुक रुक О, रुको रुको रुको रुको रुको मैं देखता हैंडल करता हूं रुको। तेरा नाम भी नहीं है बाबा बाबा बाबा तेरा नाम अरे अरे ही मतलब तुम्हें भूत कसाया है कटकई भी ही भूत है यार लगता है ये बाबा फर्जी है सही बात मुझे भी लगता है पर ये इसमें भूत कहा से इसके पास आ गया तो क्या पता कना है चलो देखते हैं आधा हो चुका है इसको भूत भी बहुत तेजी से चढ़ रहा है तुम तुम लगता है रात को अच्छे सो नहीं पाते हो ये भी मैंने खाई है चलो इनकी इलाज बताओ जल्दी से मुझे तो तुम्हारी बीमारी का पता चल गया है इलाज भी जल्दी से लाता हूँ ये डायलॉग गलत है ये तो फ्री फायर में डायलॉग होता है ये मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें क्या ये मूर्ख खेलते यहाँ से फेंक दिया जाएंगे मेहनत से खाएंगे